आज से साल जब मैं यहाँ का नहीं होती हूँ तो साहिल यहाँ का सारा काम स्मूदली हो जाता है डीप क्लिन भी कर लेता है चाहे लॉग में एंट्री हो हमारी जो कैडमिन का काम है सब कुछ अच्छे से कर लेता है वो जब सात साल पहले पिप्रोहार्म का काम शुरू हो रहा था मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे काम करने आ गया था जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जख्मी जानवरों को ठीक किया जाता है तो मेरा भी मन किया कि मैं भी एनिमल के लिए कुछ करूँ और मैंने फिर एनिमल को हैंडल करना शुरू कर दिया एनिमल को हैंडल करते करते मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना तो सीख लिया था फिर रोमित सर मुझे दिल्ली ले गए वहाँ जा मैंने सर्जरी करना भी सीख लिया उसकी ट्रीटमेंट परफेक्ट है और वो बहुत डेडिकेटेड है साइल को किसी से डर नहीं लगता है चाहे वो हो या मंकी हो आज तक हमने लगभग तीन हजार के आसपास एनिमल को रेस्क्यू किया है कुछ रेस्क्यू आसान होते हैं और कुछ बहुत ही मुश्किल अपनी तो टेंशन नहीं होती पर रेस्क्यू करते टाइम किसी दूसरे को लग ना जाए इसकी बड़ी टेंशन रहती है इसलिए हम ज्यादातर मोरने में जाते हैं रेस्क्यू करने या फिर रात को जाते हैं अच्छा काम कर रहा है वो रात को बारह बजे फोन आए एक बजे आए तभी भाभी जाना अच्छा लगता ाम सिर्फ मेरे लिए काम करने की जगह नहीं है पे मैंने काफी ज़्यादा दोस्त भी बनाए हैं है। लगाव था क्यूँकी मेरे घर पे बचपन से ही गाय थी एनिमल के साथ काम करते करते मुझे सभी एनिमल के साथ लगाव हो गया तो अभी इधर एक छोटा सा मेरा घर बनने वाला है तो उसके लिए ये पत्थर आ गए, तो नेक्स्ट वीक से काम स्टार्ट हो जाएगा अब जीवन में, में क्या मौके मिलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है पर उन मौकों के साथ हम क्या करते हैं ये बिल्कुल हमारे हाथ में है